ओ भाई मार दिया मैं ओह हो मारती है Guys, कैसे हैं आप सभी लोग तो वेलकम बैक टू अनदर ग्रेनी वन ग्रेनी वन में तो आज हम मैं आज मैं खेलने जा रहा हूँ ग्रैनी वन उमर oh गौट तो आज ग्रेनी वन खेलने जा रहा हूँ मैं और ग्रेणी वन में मैं, मैं स्केप करूँगा कार स्केप करूँगा भाई कार स्केप तो चलिए शुरू करते हैं तो भाई अभी ये जो जगह है यहाँ पे जाके ये खोलते गैसोलीन मिल गया भाई गैसोलीन ओ भाई अब गिरनी आएगी गिरनी आएगी नहीं नहीं। ओ भाई अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं था कोई बात नहीं डे टू तो आया है ना खुला ये ओपन वर्ड और वो कहो चलो भाई पे अभी अपन नीचे से और अपन को यहाँ अभी नहीं और ये कोश फिर ला फिर मेरी आदत बुरी होगी अगर गिरे नहीं आ गई तो बाई. Oh, oh, my God. Oh, मैं तो मजाक कर रहा था मैं तो मजाक कर रहा था मैं तो मजाक कर रहा था मजा कर रहा था मैं तो मजा कर रहा था पर जा जा रही रही है है ये देखो ग्रेनी ग्रेनी तो क्या बड़ा हार्ड ग मैं तो मजाक कर रहा था मैं तो मजाक कर रहा था मजाक कर रहा था मैं तो, था, मैं तो आगे जन्सी। आगे जन्सी नहीं खेल रहा है समझी ना नाजेंसी कभी नहीं खेलता फून उससे भी ज्यादा खेलता है यार अभी तो जाए तो मंदिर जाए कैसे यही तो समझ नहीं यार आ रहा बाप बाही सही चलना मां के बाप कोई खतरा नहीं है उमे गॉड। सोई में और तेरी माँ का शाकिना का हाँ चल बे भट्टू समझा क्या अपनी तरह मुझे ग्रेनी वन भी खतरनाक है माँ के जा जा अबे यार कुछ तो मिल वेपन की ओ भाई चलो यार वेपन की अपन को मिल रही है ना वे वेपन उठाते चलो क्रेनी और उसके डायरेक्ट सीने पे मारूंगा मर्द को कभी डर नहीं लगता है मेरे दोस्त आती क्यों नहीं है आ गई ना शोर कभी तो अपन अंदर चलते हैं यहाँ पे पे क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे एक गन का पार्ट पड़ा हुआ है ये उठा लेते और इसको ले जाके अपन लगा देते डायरेक्टी भी पड़ा हुआ है ना यहाँ फेंकते थे टेडी उठाते सबसे पहले ना ग्रेनी वापसी जाके कि ना फिर वो छोड़ती नहीं डायरेक्ट तोड़ती है अभी अपन एक काम करते टेडी लगाते पहले टेडी का लगाना होता वैसे यार हाँ याद है मुझे याद है याद है क्या पता है मुझे पता है लगाने के लिए हैमर भी हेमर तो चाहिए गन का पार्ट लगा लेते जाते। ये लगन का पार्ट चलो भाई डर तो वो शो वाला लग रहा है मुझे भी तो ग्रैनी चैप्टर भी मेरा हाथ का बच्चा अभी ग्रैनी चैप्टर वन है।, टू है ना अबे माँ की टांग ग्रेनी तो जाग गई होगी ना अभी ऊपर चलते हैं माय गॉड आ भाई आजा के ग्रहणी आ जा रही तुझे मजा जा मैं आज ग्रहणी तो बुढ़िया झुक नहीं सकती है तो यहां से तो नहीं आएगी बिल्कुल भी यहाँ से आएगी आ भाई अबे नाम लिया आ गई घर को बेटा तेरी वापिस जरूरत है भाई किधर गया हाँ तेरी वापिस जरूरत है वही तो बोल लो नीचे हो जा। ए, गया डोरोपन है किधर गया यहाँ पे खाली यह पड़ा हुआ है और वो वॉटर वो, वो, मैला नहीं कहते ना इसको तो इसको वहाँ लगाना होगा एक काटना होगा ना तो इसको काटते सबसे पहले अबे पेड़ लोग की तो मेरे कहीं ना अच्छी बात है पेड़ लॉक से एक काम और कर सकता हूँ तो कुछ चाहिए वो भाई आवाज है किसी कैसी है साउंड ऐसे यहाँ पे क्या है यहाँ पे कुछ पढ़ाई वड़ाई है आओ यार चलना भागना जल्दी यहाँ पे कुछ भी नहीं है पे वो वो लाने थे ना एक मिनट एक मिनट यहाँ तक मैं माय oh गॉड आ माइकॉ अब आगे बढ़िया आएगी नहीं अभी यार निशान नहीं आया हार्ड का कोई बात नहीं ग्रेनी तेरे को भी मैंने दो मरतवा मारा तूने भी मुझे दो मरतवा पर डे थ्री शुरू हुआ डायरेक्टली यार ये क्या सीना डे टू होना चाहिए था ना हाँ डे थ्री हुआ कोई बात नहीं हार नहीं मानूँगा कुलजा सिम सिम और तुभ भी अभी एक मिनट यहाँ से भी आ सकती है जब ये रास्ता खुलता है शायद ग्रहणी यहाँ आती है ना तो नहीं ग्रहणी यहाँ से कैसे आएगी वो नीचे से थोड़ी आ सकती है कभी आओ यार अब ये पता करना है वेपन की कहाँ रखी थी अपन ने मैं तो मजाक कर रहा था मजाक कर रहा था मजाक कर रहा था मैं तो तू तो तो तो क्यों नीचे जा बाय आज मोबाइल छूट गया ये गलत बात है अभी अभी मैं चला रहा हूँ ये देखो ये देखो ये देखो ये भी देख लो ये भी देख लो ये भाई छोड़ो ग्रेनी। जा अबे यार ये यहाँ छुपी हुई ना ओ भाई सबको छोड़ो एक और चीज दिखाता हूँ तुम्हारे का गिरनी आ जाए न माँ आ जाए न माँ आ जाए न मैं यहाँ पे ही खड़ा रहता हूँ ग्रहणी खुद में खुद आ जाएगी रैनी गई गिरे ये देखो ये देखो ये ले बेटा <laughs> बेचारी के टुकड़े कर दिया बहन की भाई घर से दुश्मन कर रही थी ये वेपन और ये वेपन की वो शूट इसको पहले ऊपर ले चलते ना क्रेनी का मुंह देखो नीचे पड़ा हुआ था अब क्या करना चाहिए क्या क्या क्या पे भी तो पड़ा हुआ होता ना अभी अपन ढूंढेंगे कोई और चीज के लिए अपन कहाँ जाएंगे पहले यहाँ पे जाते यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है ये बाथरूम में क्या रखेगी किरे रखती होगी हाँ किचन चेक नहीं किया ना। पे ये पड़ा हुआ है मीट तो दोस्तों मिस्टर मीट टू गेम प्ले जो आने वाला है अभी आया नहीं है कमिंग सोन पे पड़ा हुआ वो गेम प्ले तो वो भी लाऊंगा मैं अभी करना है भाई का नहीं करना अबे ग्रेनी बुलाना पड़ेगा यार और क्या डूबना है इतना बड़ा गहरा पर ढूंढू का ये समझ नहीं आ रहा आ जा नहीं ओहो मार दिया मैं जाता सही वाला कुछ भी नहीं है एक और भी तो ऐसा होता है इस रूम में होता है पर एक मिनट अभी उसमें था कुछ एक मिनट ना पहले ये चेक कर लो इसमें कुछ था हाँ ये वाह भाई वाह हैंडल घुमाने का ओ oh, भाई, गुमजा सिम सिम गुमजा सिम सिम <tip> हुई ना बात पहले भी हाथ का निशान नहीं आ रहा था ग्रैनी से मार खा गया बार बार थोड़ी कहूँगा यहाँ वेच पड़ा हुआ है इस रूम में क्या है कटिंग से अबे चढ़की का अबे यार ये जेल क्यों बंद हुआ एक मिनट एक है ये, ये। अबे ग्रेनी का भरोसा नहीं है कभी भी आ जाए ये आप कोई बात नहीं कोई बात नहीं ग्रेनी का स्केप तो करके रहूंगा ग्रहणी बड़ी पहले को बहुत बारी लगती है हमेशा अबे यार मैं तो सोच रहा था ग्रहणी का चैप्टर वन आसान होगा ये तो इतना इतना इतना भी कितना मैं भी आराम हूं माँ के एक काम करता हूँ अबे वेपन का पड़ा हुआ है अबे वेपन उठाता हूँ अबे वेपन उठाया आप आ जागे रहनी अब आ जागे रहनी आ जा तू आ जा, जा। मुझे मारेगी कितनी बड़ी हो गई है तो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं छोटी नहीं कर रही है वाह भाई वाह अपन ले चलते वेंच वेंच था वेंच था वेंच था ना वेज जो भी हो ये इवेंट भी मिल गया तो अभी अपन एक काम करेंगे टेटी जाग रही है ये कैसे हुआ वहां क्या यहां भाई जाग रही है तो चलो यार देखते जो हुआ देखा जाएगा ग्रैनी आएगी मैं वहां से चले जाऊंगा ग्रेणी ये आएगी रेहनी देखो आंखें कितनी लाल है देख रहे हो अब आएगा ना मजा अब्बा गिरे नहीं आप. अबे यार। ग्रेनी ग्रेनी ग्रेनी ग्रेनी आ रही है। ग्रेनी आ रही है ओ भाई चार मृतों में मर चुका दोबारा नहीं मरूंगा एक काम करते यहां पर उठाते पे देखते, किधर गया? अब ये अपन को इंजन पार्ट उठाना है। तो मजक कर रहा था मैं तो मजक कर रहा था अबे सामने कुछ पड़ा हुआ है इंजल, इंजल पार्ट मिल गया सामने आवाज नहीं होनी चाहिए बाकी सब चलता है ये फेंकते एक मिनट क्या कार बैटरी का बैटरी यहाँ पे बढ़ी हुई है कार की की ढूंढनी है ना मैड oh and can not start you can not start the car pura <laughs> granny apne trap bichha rahi hai abhi trap nahi bichha ja ek banda चाहिए। एक मिनट मुझे लगा कार की, की ये क्या चमक रहा है एक मिनट यहाँ पे कुछ चमका था यार देखो यहाँ चमक रहा है देखो तो बार बार चमकता है यहाँ पे है क्या चमकता है पर है कुछ भी नहीं कुछ तो क्या आकाश दीवार के आर पार हो सकता पे कुछ चमक तो रहा है यहाँ केसोलेन कैसे आया मैंने तो बढ़ आया था केसोलेन अच्छा भी बढ़ना है वाह भाई वा। ये पिक्चर्स पिक्चर्स है का तो मिल गया को कार की चाहिए अभी द लास्ट डे तो फसी तो की की तो नहीं में है क्या चल रहा है यहाँ पे एक दो मेरे हाथ में तीन देखे चार स्पर प्लक् और एक वो भी था एक मिनट इसको पछाड़ते हुए चलते क्या हो रहा है श्रेणी वन में क्या नया अपडेट है चार स्पर प्लक का प्लग तो यही रहा ग्रेनीवन में अपडेट आ गया अब ये क्या हुआ यार लग गया मुझे चाहिए कार की, की। यहाँ पे पता नहीं क्या था यार चलो जो भी था करनी है देख लेंगे बाद में अबे यार, कार की भूमनी है उनको है? एक और वाटर मेल उसमें चुप क्या मैं ग्रहणी नहीं देखेगी ग्रहणी नहीं देख सकती मैं क्या करूं करूँ आर यू एक दो तीन चार पाँच छः शे, छः स्पर प्लैक क्यों बचो तु भाई मेरे फटते फटते बचिए मां की अबे यार ये क्यों बंद हो गया ये सब कुछ क्या हो रहा है ये मेरे को लगता है सब कुछ बदल गया The last day भी आ गया देखो यहाँ कहीं पे भी कार की की नहीं है यार सब कुछ तैयार हो चुका है कार की की चाहिए गैसोलीन। लगाना अंदर देखता हूँ कुछ चमक रहा है पर रात में कोई बात नहीं यहाँ देखते चलो अरे वाह कार की की यहाँ पड़ी हुई थी तो मास्टर की, मास्टर की तो अपन को मिली थी ना पहले यही ये क्या हो रहा है प्ले स्टोर पे ऐसी कैसी गेम आने लग गई जल्दी स्टार्ट करते हैं गाड़ी माँ की आंख निकलते दोस्तों बड़ी मुश्किल से पा रही है अबे और इतने सारे स्पार प्लक यहाँ छट गई मेरी तो देख के अबे इतने सारे स्पार प्लग कब से आने लगे रिमोट रिमो बैट दवा के चक्कर तक कुछ भी तो नहीं है रिमो वैट में तो देख सकते है भी ठीक है वहाँ कोविड बुजुर्ग के कारण लाइक शेयर कमें सब्सक्राइबर्स